आपको फोटो में पिकाचू सिंचैन और जेरी दिखाई दे रहा है आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए छः ऑप्शन बी आठ ऑप्शन सी चार या ऑप्शन डी ज़ीरो आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास दस सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है इसका उत्तर है ऑप्शन डी जीरो आपके पास 40 किलो लोहा है आपको इस लोहे से चार बाट बनाने हैं आप कितने कितने किलो के बाट बनाएंगे जिससे कि एक से 40 किलो तक के सभी वज़न तोले जा सकते हैं आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए इसका उत्तर है एक एक किलो का एक तीन किलो का एक नौ किलो का और एक सत्ताईस किलो का बाट होगा जिससे एक से लेकर 40 किलो तक के सभी वजन तोले जा सकते हैं इसका उत्तर विस्तार पूर्वक आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा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 इसका उत्तर है दूसरी लाइन में पहला झंडा सबसे अलग है आपको यहाँ पर बहुत सारे ई दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनमें से एक एफ भी है ढूंढकर बताइए कि एफ कहाँ पर है जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है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 आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है इसका उत्तर है आपको फोटो में एक बी दिखाई दे रही है और साथ में एक नल दिखाई दे रहा है इस प्रकार लड़की का नाम हो जाएगा बी प्लस नल बराबर बी नल आपको फोटो में मिक्की माउस और लूटो दिखाई दे रहा है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 इसका उत्तर है 24। अगर 1 प्लस तीन बराबर आठ दो प्लस चार बराबर बारह तीन प्लस पाँच बराबर सोलह है तो 4 प्लस पाँच बराबर कितना होगा आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है इसका उत्तर है अट्ठारह यहाँ पर आपको बहुत सारे एन दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक एन भी है ढूंढ कर बताइए कि वो एन कहाँ पर है आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए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 इस प्रकार फल का नाम हो जाएगा मैन प्लस गो बराबर मैंगो या आम हनुमान जी की माता का नाम क्या था आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए केसरी ऑप्शन बी अंजनी ऑप्शन सी अहिल्या या ऑप्शन डी सुमित्रा आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का समय है इसका उत्तर है ऑप्शन बी अंजनी खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया